इनकी मूल त्रिकोण राशि भी दक्षिण दिशा के स्वामी और अग्नि तत्व तो प्रधान ग्रह ग्रह ग्रह हैं हैं मंगल मंगल है रक्त से संबंधित बीमारियों का प्रतिनिधित्व तो करते मंगल 25 सितंबर 2019 दिन बुधवार को प्रातः पाँच बजकर छप्पन मिनट पर कन्या राशि में गोचर करेंगे और 10 नवंबर 2019 रविवार की दोपहर तेरह बजकर इकतीस मिनट तक इसी राशि में रहेंगे तुला राशि के जातकों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 सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं फेसबुक पेज पर पे देख तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार